देखो देखो इसे देखो देखो साला जाजिम फाड़ के रुमाल कर दिया और लड़की बन के कमाल कर दिया अब भावसूर के लड़की बनने का इतना ही शौक है तो साला कट्टा करा ले कट्टा अब करने लगे हाय हाय साला